दोस्तों अगर आपके चैनल पर भी कम सब्सक्राइबर हैं तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप फ़ॉलो करके अपने चैनल पर सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं टू एच टेक्निकल दोस्तों आज मैं आपको पांच ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसे आप फॉलो करके अपने चैनल पर सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं तो चलिए हम आपको ऐसे ही कुछ टिप्स बताते हैं जिसे आप साधारण कॉन्टेंट को भी यूट्यूब पर वायरल कर सकते हैं तो फर्स्ट है फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को अपने यूट्यूब से जोड़ना यूट्यूब चैनल पर अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को शामिल करें जब भी कोई यूजर आपके चैनल पर जाएगा तो उसे वहां आपके फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट की जानकारी मिलेगी इन पर क्लिक करते ही यूजर आपके अकाउंट पर पहुँच जाएगा और उसे फॉलो कर सकता है दूसरा है वीडियो में सब्सक्राइबर बटन को शामिल करना वीडियो में लोगों को चैनल सब्सक्राइबर करने की अपील वाला मैसेज लगा सकते हैं यह मैसेज किसी खास सीन के दौरान वीडियो पर सबसे ऊपर दिखाई जा सकता है इस मैसेज में अपने ब्लॉग या किसी अन्य वीडियो की लिंक भी आप शामिल कर सकते हैं और तीसरा है यूट्यूब कार्ड का यूज़ करना जैसे टी पर पोपॉप के रूप में विज्ञापन दिखाई देते हैं उसी तरह आप YouTube वीडियो पर यूजर को किसी वेबसाइट ब्लॉग या अन्य वीडियो देखने का विकल्प शेयर कर सकते हैं इसके लिए YouTube ने कार्ड्स नाम का एक फीचर शामिल किया है आपने कई वीडियो देखते हुए पाया होगा कि YouTube उसी वीडियो से जुड़ी अन्य वीडियो भी दिखाता है इसे आपके चैनल पर कोई एक वीडियो देखने वाला व्यक्ति अन्य वीडियो भी देख सकता है चौथा है कीवर्ड्स का यूज़ करना किसी भी वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि वह वीडियो सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखाई दे अधिकतर लोग वीडियो के की को शामिल करना तो जानते हैं लेकिन उन्हें चैनल कीवर्ड्स की जानकारी नहीं होती वीडियो को सर्च रिजल्ट में आगे दिखाने के लिए वीडियो की कीवर्ड्स के अलावा चैनल के कीवर्ड्स का यूज़ करना भी बेहद ज़रूरी है वीडियो अपलोड करने के बाद उसका टाइटल सही रखे और वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी वीडियो से जुड़ा होना चाहिए याद रखें कि डिस्क्रिप्शन में ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करें जिन्हें लोग अधिक सर्च करते हैं और पांचवा है वीडियो को फीचर कंटेंट में शामिल करें सबसे पॉपुलर वीडियो को फीचर कंटेंट में शामिल कर सकते हैं कोई भी यूज़र चैनल पर जाएगा तो वह वीडियो चैनल में सबसे ऊपर दिखाई देगी और चैनल खुलते ही अपने आप प्ले हो जाएगी तो आप इस तरह से अपने सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं या अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताना ना भूलें चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में